हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आप देख रहे हैं इफ़टेक यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडा एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिए चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेना है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ प्ले स्टोर ओपन करके ताकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया तो यहाँ नो रिजल्ट दिखा रहा है इसलिए हम इसको सीधे क्रोम से डाउनलोड करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को तो सीधे हम सीधे क्रोम ओपन कर लेते हैं क्रोम ओपन करने के बाद हम यहां सर्च कर लेते हैं विडमैट देखिए यहां पर ऑप्शन आ चुका है विडमेट विडमैप ए पी के हम सीधे यहाँ पर विड मैट, मैट, मैट ए तो तो क्लिक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ विडमेट का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे ऑफिशियल डाउनलोड इस पर हम यहाँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है हम तो आप सिंपली यहाँ पे ओके ओ कोड कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है मैं इसे सिंपली यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ लिख के आ रहा है फॉर योर सिक्योरिटी Your phone is योर फोन इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अन फॉर दिस यहाँ पे simply सिंपलीटिंग पे क्लिक करके इसको हम परमीशन दे, दे देंगे और इसे allow कर देंगे जैसे कि हम देख सकते हैं हमने permission दे दिया और यहाँ back आते ही, यहाँ install का option आ चुका है मैं simply यहाँ पे पर install पर click करके मैं इसे install कर रहा हूँ देखिए app is installed। मैं simply यहाँ, पे यहाँ, यहाँ पे पर पे क्लिक करके इसे ओपन कर लूंगा लोड हो रहा है यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश जो भी है चुन लूंगा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं विडामेट एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल IfTech YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो तक मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तो तक के लिए थैंक यू